साथियों प्रणाम आज पूरे पाँच साल हो गए हैं घर से निकले हुए विभूति नाम के प्रभु जी मास्क उतार लें थोड़ी देर के लिए नीचे कर लें कौन है ये ये भतीजा है अच्छा कहाँ से आए आप? से आपने एमपी से एमपी, पी धार जिले से, से, से गांव, हाँ, ये है आपके? पिताजी पिताजी, पिताजी? ये हैं इधर आएंगे जरा पास में आ जाए देख सकते हैं आज पूरा परिवार इन्हें लेने के लिए आया और करीब पाँच साल पहले घर से निकले थे ये इनके बेटे हैं। ये बेटे हैं आपके हाँ, क्या नाम है इनका कांतीलाल कांती लाल और पिताजी का बभुतिया, बभुतिया, और आपका आपका नाम बबूतिया हाँ, हाँ, नाम नाम और पिताजी का पूछ रहा हूँ रणजीत रणजीत हाँ देख सकते हैं पाँच साल पहले निकले थे घर से और आज पूरे पाँच साल बाद इनके परिवार वाले इन्हें लेने के लिए अपना घर आश्रम भरतपुर पहुँचे है इनसे पूछते हैं ये इनके पिताजी है हाँ। भाजी क्या नाम है आपका रणजी रणजी आपके बेटे हैं ये बेट है हाँ कितने दिन हो गए घर से निकले हुए पाँच साल साल हो गए गयी कैसे निकल गए घर से पागल पागल पागल दिमाग से थोड़े कमजोर थे फिर इन पाँच सालों में आपने कहीं खोजा नहीं सब जगह देखा लेकिन कोई पता नहीं लगा नहीं लगा और आप सभी के लगते हैं अच्छा आप इनके भाई है। हाँ। हैं है पहचानते हैं सभी को सबको अब कैसे पता लगा भैया आपको कि यहाँ पर हैं आपके पिताजी पंचायत में फोन आया पंचायत में फोन आया जोलाना कैसे था जो नाराज बा के माध्यम से तो तो फिर इन भैया में आई से वीडियो करियो अपना पंचायत पंचायत पंचायत नाना जी जी अपना घर रिहेबिलिटेशन टीम के द्वारा इनके परिवार की खोज की गई और स्थानीय स्थानीय एवं पंचायत के माध्यम से सूचना भिजवाई गई और आज पूरे पाँच साल बाद ये विभूतिया नाम के भैया अपने घर अपने परिवार के साथ जा रहे हैं आ आ जाइए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं एमपी के रहने वाले हैं और अब पूरे परिवार के साथ अब कैसा लग रहा है आपको अच्छा अच्छा लग रहा है पत्नी पत्नी नहीं नहीं नहीं है है है है है आपकी लेने के लिए आपको है? नहीं? पत्नी नहीं है नहीं। मम्मी साथ में नहीं नहीं आपके साथ में नहीं घर पे और कितने भाई हैं आप दो भाई दो भाई क्या काम करते हैं आप क्या काम करते हैं बाप है है तुम्हारे ठीक जाओ जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा ने खूब अच्छा नहीं लगा जाऊंगा बाबूजी ये पूछ रहे हैं बाबूजी यहाँ कैसा लगा रहे कर आपको अच्छा लगा यहाँ भी अच्छा वहाँ जाके ऐसा मत करना नहीं नहीं नहीं बहुत परेशानी हो जाएगी नहीं नहीं दुबारा आओगे तो भेजेंगे नहीं? जैसा नहीं, कि नहीं। आपको पहले भी बताया गया था आओ, बिल्लुपुरम तमिलनाडु से अनु ज्योति आश्रम द्वारा 91 वन जो कि हिंदी भाषी थे उनमें से प्रभुजन आज एक ये हैं जिनकी विदाई आप लाइव के माध्यम से देख रहे हैं जो कि हिंदी भाषी थे और अपना पता बताया और धीरे धीरे अपने घर जा रहे हैं <laughs> कर अपने घर हैं समझा समझा दो समझो सुबह सुबह और और शाम शाम एक एक महीने की ठीक ठीक ठीक ठीक खाना खाना खाने खाने को को है रोटी पानी खावा हाँ आराम से अच्छे से रखना आप इस तरह से घर से दवाई टाइम पे देना बाबू जी ठीक है, ठीक है। ठीक ठीक। अच्छा अब कैसा लग रहा है आपका बेटा आपको पाँच साल बाद मिला है तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप जैसा कि आप देख सकते हैं पाँच सालों में ये मिले हैं आज घर जा रहे हैं सभी शादी बढ़िया घर वालों को मिला दिया मिला है फोछ, फोछ, फोछ, फोछ, फोछ, फोछ, फोछ. अब आराम से रहना है आप ले आप बैठो बैठो